जय हिंद तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मधुप होता है और जो मनुष्य होते हैं उनमें लिंग निर्धारण कैसे होता है मतलब अगर उनके गर्भाशय में यूट्रस में बच्चा बन रहा है तो अब क्या प्रायिकता होगी कि कौन सा गुणसूत्र किसके साथ मिलेगा कि उत्पन्न संतान लड़की होगी या लड़का होगा आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं तो गाइज आप लोग जानते होंगे जो मनुष्य होते हैं उसमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 पेयर में होते हैं जिसमें से 22 पेयर कामन होते हैं तेसावा पेयर जो होता है वह लिंग गुड़सूत्र होता है तेसावे पेयर से ही लिंग गुड़सूत्र की पहचान होती है उत्पन्न संत कौन सा होगा कैसा होगा लड़का होगा या लड़की तो पर पहले हम लोग मनुष्य के बारे में जानेंगे तो जो मनुष्य में 20XX, 20XX मादा में 22 22 मादा ये दोनों तोन होते हैं हमें इनसे कुछ नहीं लेना है जो इसमें लिंग निर्धारण वाला है वह वा एक्स वाई नर में एक्स एक्स मादा में तो गाइज अब आइए हम लोग लिंग गुड़ को लेकर चलते हैं तो गाइज अगर नर का X मादा के X से संपर्क में आता है तो उत्पन्न संत क्या होगी लड़की होगी अगर गाइस X X रहेगा तो लड़की होगी यह भी लड़की और इससे क्या होगा लड़का क्योंकि गाइस मादा है मादा का भी गुणसूत्र सूत्र ये है X X इसका भी गुड सूत्र एक्स, एक्स है तो इससे क्लियर हो जाता है जो उत्पन्न संतति होगा जो उत्पन्न अगला संतति होगा वह क्या होगा पुत्री होगी या बेटी होगी अगर गाइस फिर अगर इसका X इसके साथ तो फिर यहाँ पर भी पुत्री अब इसका वाई एक्स इसके साथ तो उत्पन्न संतन लड़का इसके पास साथ ऐसे मिला तो उत्पन्न संतत लड़का तो गाइज क्योंकि यह जो एक्स y एक्स वाई है यह नर में पाया जाता है और जो मादा का एक्स एक्स है वह इसमें पाया जाता है इसमें आप लोगों को कुछ नहीं सिर्फ इतना याद रख लेना है नर में जो होता है बाईस एक्स एक्स प्लस एक्स वाई होता है मादा में बाईस एक्स होता है तो अगर गैज हम लोग इसका ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो इससे उत्पन्न संतन में जो है पचास परसेंट लड़की पचास परसेंट लड़की और पचास परसेंट लड़का होने की प्रायिकता को दर्शा रहा है पचास परसेंट लड़की व पचास परसेंट लड़का होने की प्रायिकता को दर्शा रहा है तो गैज इस प्रकार से मनुष्य में नि, लिंग निर्धारण होता है और गैज यहां पर जो है नर है या मादा है इसमें जो एक्स वाई एक्स वाई है मतलब इसमें समसूत्री अर्ध विभाजन होता है मतलब म्योसिस वाला प्रक्रम इसमें होता है इसमें समसूत्री विभाजन होता है जैसे गाइस मान लीजिए गुणसूत्रों की संख्या इनमें 23 पेयर है अब 23 पेयर इसमें है और 23 पेयर इसमें है मतलब मान लीजिए या मेल है या फीमेल है तो गाइस अब इसमें तेईस में से जो है 11.5 पॉइंट 11.5 ये जो है इसमें आएंगे मतलब इसका जो तेसा हुआ है तेईस पेयर इसका अर्धविभाजन हो रहा है समसूत्री सूत्री अर्धविभाजन अब समसूत्री अर्धविभाजन क्या होता है वह विभाजन जिसमें कोई भी गुणसूत्र अपनी प्रारंभिक अवस्था का आधा हो जाता है उसे समसूत्री सूत्री अर्धविभाजन कहते हैं अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लीजिए मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 मेल और फीमेल दोनों में छियालीस अब इसमें मियोसिस होगा तो आएगा कितना गुड़सुद तेईस इसमें से आएगा 23 इसमें से आएगा गाय यहाँ पर मैंने पेयर में लिया है यहाँ पर मैंने पूरा दिखा दिया है तो गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पर मियोसिस का प्रक्रम होता है अर्ध सूत्री विभाजन सम सूत्री सम सूत्री सम सूत्री अर्धविभाजन यहाँ पर होता है गाइस यहाँ पर जो है इसमें हम लोगों को जो लिंग निर्धारण का प्रक्रम होता है वही देखना है कि इसमें लिंग निर्धारण का प्रक्रम जो है एक्स वाई से होता है एक्स वाई से होता है तो गाइज अब आइए मधु में लिंग निर्धारण कैसे होता है आइए समझते हैं तो गाइज मधु में इस प्रकार का कोई एक्स वाई वाला कोई भी लिंग नहीं होता है इसमें गुड़सूत्रों की संख्या होती है जो नर होता है गुड़सूत्रों की संख्या सोलह जो मादा होती है उसमें गुड़सूत्रों की संख्या बत्तीस होता है नर में 16 मादा में बत्तीस अब गाइज जो नर होता है इसमें माइटोसिस का प्रक्रम होता है मतलब समसूत्री सम और जो मादा होती है उसमें मियोसिस होता है म... Miosis मतलब समसूत्र विभाजन। गायज यहाँ पर जो मनुष्य होता है सब में समूत्र अर्धव विभाजन होता है मधुप में मादा में समसूत्री विभाजन होता है और नर में समसूत्री सम विभाजन होता है अब गाय समसूत्री सम विभाजन क्या होता है वह विभाजन जिसमें कोई भी गुणसूत्र अपनी प्रारंभिक अवस्था के उतना ही रह जाता है तो उसे समसूत्री विभाजन बोलते हैं और वह गुणसूत्र जो अपने प्रारंभिक अवस्था का आधा हो जाता है उसे समसूत्री विभाजन बोलते हैं तो गाइज अब यहाँ पर नर में गुणसूत्रों की संख्या 16, मादा में गुणसूत्रों की संख्या 32। अब यहाँ पर मियोसिस होगा यह दो भागों में बढ़ जाएगा 16-16, और जो है नर यह 16 में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सम विभाजन हुआ है अब दोनों इसके साथ एड होंगे और यह अकेला रह जाएगा अब गुट सूत्रों की संख्या बत्तीस हो गई तो यहाँ पर उत्पन्न मधुप जो है वह मादा हो गया अब यहाँ पर गुट सूत्रों की संख्या 16 है तो यहाँ पर जो उत्पन्न मधुप है वह नर होगा तो गाइज इसमें गुणसूत्रों की संख्या को देखना पड़ता है इसमें हमें लिंग गुणसूत्र को देखना पड़ता है लिंग गुणसूत्र इसमें मनुष्य में तेईस जोड़े पाए जाते हैं और इसमें नर में जो होता है मधुम में नर में सोलह गुणसूत्र मादा में बत्तीस गुणसूत्र मादा में मियोसिस होता है नर में माइटोसिस होता है इसके पश्चात यहाँ पर ऐसे सब प्रक्रम होता है आप लोग इसके लेना चाहते हैं तो ले लीजिए तो गाइज यही सब प्रक्रम होता है मनुष्य में लिंग निर्धारण मधुमय लिंग निर्धारण मनुष्य में लिंग निर्धारण लिंग, निर्धार, लिंग सूत और सूत्र के द्वारा माध और मधुमय लिंग निर्धारण मादा के द्वारा इसमें और गायज जो मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है वह मनुष्य के नर भाग के लिंग निर्धार नर भाग के द्वारा होता है क्योंकि गाइज यहाँ पर तो एक्स एक्स है न एक्स वाई यहाँ पर है तो मनुष्य में लिंग निर्धारण नर से होता है और मधु में लिंग निर्धारण माधा से होता है मनुष्य में नर मधु में मादा मनुष्य में नर मधु में मादा तो इस प्रकार से इसमें होता है तो गाइज आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत